अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कोड़ी के लोग खेल कर चले जाएं मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ़ कर मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं किसी ने क्या खूब लिखा है मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला उस माँ के चार बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला जिंदगी जीने के दो तरीके हैं एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के की बाद चाहे कसूर किसी का भी हो लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते